जिंदगी में सिर्फ पैसे कमाकर या पैसे बचाकर आप अमीर नहीं बन सकते अमीर बनने के लिए आपको अपने अंदर बहुत कुछ बदलना पड़ेगा नमस्कार दोस्तों रीडर्स बुक शब में आपका फिर से स्वागत है अगर कोई लॉटरी में पैसे जीत जाए और उसे अपने साथ रख ले बचा ले तो क्या वो आपकी निगाह में अमीर है नहीं क्योंकि वो पैसा आज नहीं तो कल उसके साथ नहीं रहेगा अमीरी एक सोच है एक नजरिया है एक जीवन शैली है और अब आपको अमीर बने रहने के लिए अमीरों की तरह सोचना पड़ेगा खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा और इसी बात को रॉबर्ट टिक्योसाकी के रिच डैड ने उन्हें एक कहानी के माध्यम से उन्हें समझाते हैं वो कहते हैं कि जापानी लोग तीन ताकतों को मानते थे तलवार की ताकत रत्नों की ताकत और धर्म की ताकत तलवार हथियारों की ताकत की प्रतीक थी अमेरिका ने हथियारों पर खरबों डॉलर खर्च कर दिए और इसी कारण वो आज विश्व भर में सबसे ताकतवर देश है दूसरी ताकत रत्न यानी कि पैसों की ताकत का प्रतीक इस कहावत में कुछ तो सच्चाई होगी ये स्वर्णिम नियम याद रखो जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है तीसरा दर्पण शीशा आत्म का प्रतीक है जापानी कहानियों के अनुसार ये आत्म बाकी दोनों ताकतों से ऊपर है गरीब और माध्यम वर्गीय लोग अक्सर धन की ताकत से नियंत्रित होते हैं वो सुबह सुबह उठते हैं और नौकरी करने के लिए भागम भाग मचा देते हैं बिना खुद ऐसी ये पूछे कि क्या ऐसा करना समझदारी है पैसे की समझ न होने के कारण ज्यादातर लोग पैसे के डरावनी ताकत को ये इजाजत दे देते है की उन्हें काबू में कर ले पैसा उन्हें कंट्रोल करने लगता है इस समस्या को ठीक करने के लिए अगर वो दर्पण की ताकत का इस्तेमाल करते तो वो खुद से ये सवाल जरूर पूछते कि क्या ऐसा करना समझदारी है बहुत बार हम अपनी अंदरूनी समझदारी पर भरोसा करने के बजाय भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि बाकी सब भी ऐसा कर रहे हैं सवाल पूछने के बजाय हम नकल करने लगते हैं, अक्सर ना समझी अक्सर ना समझी के कारण हम वही लगते हैं जो हमें सिखाया गया है और इस तरह से आपका विचार आपके घर आपका सबसे बड़ा है, आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश है अगर आप ज्यादा कर्ज लेते हैं तो आपको टैक्स में ज्यादा छूट मिलेगी अच्छी नौकरी सुरक्षित नौकरी गलतियाँ मत करो वगैरह वगैरह तो ऐसी चीजें हम भीड़ की बात सुन के करने लग जाते हैं खतरे नहीं उठाते दूसरी जरूरी बात ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर लोगों के लिए मौत से डरावनी चीज होती है भीड़ के सामने बोलना उन्हें एड्रेस करना मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बहुत सारे लोग काम स्टेज पर बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि ये डर होता है कहीं उनकी बुराई होगी लोग उनके ऊपर हंसेंगे वो अकेले रह जाएंगे लोग उनसे दूर हो जाएंगे सबसे अलग होने का डर या अकेले रह जाने का डर ही वो सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से बहुत सारे लोग अपनी समस्या अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के नए नए तरीके नहीं ढूंढते बस भीड़ के साथ चलते चले जाते हैं इसीलिए रॉबर्ट टिकोसाकी कहते हैं कि उनके रिच डैड की तरह ही उनके पुअर डैड ने भी बहुत कुछ सिखाया है और उनमें से एक जरूरी बात ये थी कि क्यों और किस तरह से जापानी लोग दर्पण की ताकत को आईने की ताकत को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे क्योंकि जब इंसान आईने में खुद को देखता है तभी उसे सच्चाई का पता चलता है और ज्यादातर लोग खतरा मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो खुद से डरे हुए होते हैं ये किसी भी चीज के बारे में कहा जा सकता है जैसे खेल में रिलेशनशिप में कैरियर में पैसों में वगैरह वगैरह और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आईने में देखकर आप खुद से झूठ बोल सकते हैं रॉबर्टिकलने में और पड़ोसी के नकल करने में ऐसा आराम के नकल करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है पैसों की समस्या पैदा हो जाती है वो उनका तरीका है वो उसे अफोर्ड कर सकते है पर जब हम देखा देखी बिना सोचे समझे नकल करना शुरू कर देते हैं तो हम समस्याओं से घिर जाते हैं और तब हमें जरूरत होती है आईने की जो हमें ये बताए हमें क्या करना चाहिए क्योंकि बेसिक रूल वही है आप पैसे के गुलाम नहीं हैं। ऐसे काम करिए ऐसे सोचिए ऐसे बनिए कि पैसा आपका गुलाम हो वो आपके लिए काम करे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में तब तक के लिए धन्यवाद